के बाद हमने देखा सीसीटीवी लगा हुआ क्या कर सकते हैं वैसे तो देने पड़ेगा ठीक बस चाय वाय पीते हैं फिर मिलते हैं ओके okay, बाय चाय वाय पी ली हमने और गर्मी लगने लगी थी इसलिए पोर्ट उधार के रख दिए गाड़ी में अब घूम रहे इधर देखते हैं इधर ही है, क्या है क्या नहीं मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है कुछ यहाँ पर लेकिन वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे दिख चुकी है और वो चीज़ ये है गाइस ये मिल गई अपने अपनी अपनी चीज़ यहाँ पे पता नहीं है इसलिए जाना पड़ेगा जल्दी से यही ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से कि कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए और मिल गई ओके गाइ अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे ड्राइविंग सीखी जा रही है कच्चे रस्तों पर सर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को सर रेस लगाओ आज कंप्लीट होके जाएंगे यहाँ से गाड़ी को खुदा खुदा कंप्लीट करके लेके जाएंगे जेवरे जेवरे तो, ये तो है ये तो मैं जाऊँ तो क्यों तो खाली गाड़ी कंप्लीट एक ही बार में तीनों गियर डाल दिए हैं लास्ट चौथा गियर डालना बाकी है बरोबर चल रहा है ड्राइविंग का काम आपको भी किसी को सीखना हो तो मुझसे संपर्क करें धीरे धीरे <laughs> कंप्लीट दस दिन में गाड़ी सिखा दूंगा लेकिन गाड़ी अपनी ले क्या है <laughs> हैंडल से कर ले तो गाड़ी, गाड़ी पल, आज की क्लास खत्म हुई और फिर किसी दिन किसी की गाड़ी मांग के लाएंगे और सीखेंगे आज की क्लास खत्म हुई और फिर किसी दिन किसी की गाड़ी मांग के लाएंगे और सीखेंगे दूसरी बाइक, दूसरी बार की चाय आ गई है देख रहा चाय का टोरा देखो, खाना हो तो हम लाएंगे। ठीक है आ चुके सब दर्शन करके और ये जो भुट्टा है ये गिरगिट है ये गिरगिट गिट है ये धूप में आता है काला काला हो जाता है गिरगिट की तरह इसका रंग बदल जाता है मैंने इसको पहचाना ही नहीं अभी तक बंकिया रानी के दर्शन कर लिए और अब यहाँ से निकल रहे हैं जी घटे बालाजी बालाजी जा रहे हैं गाइस दे जी दिन में। भी था तो जोरतीस दो में कोई दिक्कत थोड़ी है यार ले वो तो भुट्टाई से पहुंच चुके हैं बालाजी के मंदिर ये बालाजी का मंदिर दर्शन वर्शन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे ठीक है गाइस बाय गाइस और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ दर्शन करते हैं एक बार फिर मिलते हैं आपसे गाइस आप भी दर्शन कर लीजिए बालाजी के सामने इधर भी कुछ है ये शायद यहाँ के पंडित जी वगैरह मुझे नहीं पता है इसलिए मैं बता बोलूंगा नहीं कि ये क्या है कैसे लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है ये पंडित जी है या फिर अलग कुछ मुझे खैर इतना पता नहीं है इसलिए ये यहाँ पे आए हैं बाकी जगह बढ़िया है और मिलते हैं आपसे फिर से थोड़ी देर बाद ओके गाइस बाय देखिए गाइस ये ये ऐसे प्रथम होती है यहाँ पर कुछ ऐसा है यहाँ पर बाहर आ चुकी है फिर से अब चलते हैं यहाँ से दुख दिन हाउ दुख दिया है यहाँ पे बावड़ी फ़ोन फ़ोन को टाइट पकड़ के रखना होगा देखिए यहाँ की बावड़ी है ये हनुमान जी के यहाँ की, की। फ़ोन को बड़ा कस के पकड़ा हुआ है मैंने ये कुछ दुकान दुकानें वगैरह है यहाँ पर जहाँ से आप कुछ ले सकते हैं ये अपने सर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए क्या लिया जा रहा है विचार हो रहा है अभी तक क्या लें क्या नहीं लें कुछ न कुछ तो लिया जाएगा यहाँ से करो यार ये वजन तो कहीं नहीं आना 50 लगा था खास नहीं है ले लिए गाइस इनमिटिया और इनके हाथ में देखो ये देखो दिख ही नहीं रही ये ये 1 2 3 4 5 6 उंगलियाँ पाँच और अंगूठी छ देखिए आप मैंने सिर्फ दो लिए उन्होंने एक पांच उंगली के लिए छह अंगूठी देखिए नहीं, देखे नहीं।, देखे नहीं।, देखे नहीं।, नहीं और ये अपनी वॉडी के लिए जो वो पिछले वाले व्लॉक में देखिए तैयार होती हुई उसके लिए लिया है अब बस निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर और शॉपिंग चल रही है अभी तक तो और अब बस इतना ही है मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर से चाय पीने का मूड हो गया और जा रहे हैं चाय पीने। देख ले तो। पीनेकोड़ी गरम है पकड़ी गर्म है आप दुकान चले पे? नेट चाल कोई नहीं दुकान लगे कैमरा कैमरा कैमरा कैमरा अच्छा सही है सही है कैमरा छावे नहीं तो कोनी नहीं आ है है कि सही और और की ये बोटा कमिंग तो लिए के <laughs> भाई देखो देखो आ, लिए लिए। तो बहुत कुछ लिया लेकिन तुम्हें क्यों बताए बता दे कि तो भैयू को नहीं खूब खूब गाइस ले लिया यहाँ से साक्षी के लिए पर्स